जहाँ से तेज हवाओं का आना जाना है तो जहाँ से तेज हवाओं का आना जाना है नतीजा कुछ हो ये बाबले नतीजा कुछ भी वहीं पर दिया जलाना है और जहाँ से तेज हवाओं का आना जाना है नतीजा कुछ हो वहीं पर दिया जलाना है हवेली वालों बड़े लोगों से मेरी तरफ मेरी सिमत मत देखो छोटा मत देख हम बड़े लोग छोटा मशेद मुझे यहां नहीं जन्नत में घर बनाना है आगे। आगे। आगे।